मुझे तरस आता है अपने होने वाली बीवी बे बेचारी सपने शजादे की देख रही होगी <laughs> मिलूंगा मैं <laughs>